तो आज मैं आप सभी के सामने यमी के साथ साथ हेल्दी रेसिपी भी लेके आई हूँ नमस्कार दोस्तों की किचन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तो आज मेरे पास है ये रॉ बनाना तो आज मैं इससे ही कोई रेसिपी बताने वाली हूँ तो इससे आज मैं चाट की रेसिपी बताने वाली हूँ जी हाँ टिक्की चाट की रेसिपी तो आप सभी ने देख ही ली और टिक्की चाट तो आप सभी ने ट्राई भी किया होगा पर काफी लोग ऐसे होते हैं जो आलू को अवॉइड करते हैं और वो आलू नहीं खाना चाहते तो उनके लिए मैं कच्चे केले से टिक्की चाट की रेसिपी लेके आई हूं जिसे मैंने नाम दिया है बनाना टिक्की चाट की रेसिपी तो मेरी रेसिपी को जरूर देखें और अगर रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना स्टार्ट करते हैं बहुत ही हेल्दी बनाना टिक्की चाट की रेसिपी यहाँ पे मैंने दो कच्चा केला ले लिया है या रॉ बनाना जिसे कहते हैं इसे सबसे पहले मुझे उबालना है तो ये बनाना मेरे कुकर में नहीं आ रहा है तो मैं इस केले को काट कर हाफ ऑफ टुकड़े में बांट लूँगी और फिर कुकर में डालकर एक सीटी आने तक इसे उबालूंगी इसे आ, मुझे अच्छी तरीके से उबालना है बॉईल करना है ताकि जब मैं इसे मैश करूं तो अच्छी तरीके से मैश हो जाए यहाँ पे आलू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे और आपको पता है कि रॉ बनाना में बहुत ज़्यादा आयरन होता है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है तो इस तरीके से एक सीटी आने देंगे और ये देखिए ये बनाना मेरा बॉयल हो चुका है काफ़ी सॉफ्ट हो गया है अब इसके छिलके निकाल कर और मैं इसे कद्दूकस कर लूँगी ताकि मुझे इसे मैश करने में और इसमें मसाला मिक्स करने में हमें आसानी हो तो ये देखिए मैंने कच्चे केले को अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिया है अब इसमें मैं ये दो बड़े चम्मच से बेसन और ये जीरे का पाउडर नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ आप चाहे तो इसे स्किप करके हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकती या थोड़ा सा चाट मसाला अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे यहाँ पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कच्चे केले में मॉइस्चराइज़र है उससे ही मैं अच्छी तरीके से डोह रेडी करूँगी और इसे मैश करूँगी और फिर छोटी छोटी टिक्की का शेप दे दूँगी मैंने दूसरी तरफ ऑयल भी गर्म होने डाल दिया था अब ये टिक्की को फिर मैं फ्राई करूँगी ये गोल्डन हो, हो गई है और मेरी टिक्की रेडी हो गई है अब टिक्की चाट बनाते ही देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और हेल्दी तो है ही आप चाट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दही में चीनी मिक्स करके उसे अच्छे तरीके से फेंक कर रखा था चाट बनाने के लिए हमेशा फ्रेश दही का इस्तेमाल करें तो इस तरीके से दही को और अच्छी तरीके से फेंट ले और ये दही इसके ऊपर हरी चटनी मैंने बना कर रखी है जिसे मैंने धनिया और पुदीने से बनाया है उसे भी इसके ऊपर डाल देंगे और मैंने मीठी चटनी बनाकर रखी है जिसे मैंने आम और खजूर से बनाया है मीठी चटनी उसी भी मैं इसमें डाल दूंगी यानी इमली का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं इसे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना रही हूँ और इमली आ, कई बार ऐसा कहा जाता है कि इमली खाना उतना हेल्दी नहीं होता है तो ये थोड़ा सा कच्चा प्याज जिसे आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं अगर आप प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो और ऊपर से थोड़ा सा जीरे का पाउडर थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा चाट मसाला थोड़ा सा आमचूर पाउडर और थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी मैंने ऊपर से वो चाट वाली भुजिया नहीं थी तो मैंने नमकीन का इस्तेमाल किया है आप किसी भी और नमकीन का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके पास जो कुछ भी हो और अगर नहीं है तो आप चिप्स या कुरकुरे को भी हाथों से क्रश करके इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी चाट की रेसिपी है चाट तो सभी को बहुत ही पसंद आती है उसके साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि कच्चा केला खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसमें काफ़ी सारे आयरन होते हैं और कम से कम आलू से तो बहुत ही अच्छा होता है और जो लोग आलू को बिल्कुल अवॉइड करते हैं जिनको आलू खाना मना होता है उनके लिए बहुत ही बढ़िया चाट की रेसिपी है तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर मैं आप सभी के सामने आती रहूँ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बबा इंजॉय दिस रेसिपी